दोस्तों टे गुजराती चेस जोर स्कैंडिनेवियन डिफेंस की जो हम द पोर्टुगीज गैम के बारे में चर्चा कर रहे थे आज उसी के बारे में दूसरा चैप्टर आपको मैं दिखाने वाला हूँ वेरिएशन ई क्रॉस क्रोसेप सेवन सेवन लास्ट टाइम हमने देखा था आप लोगों ने नोट किया होगा और नोट नहीं किया तो फिर भी दोबारा वीडियो देख के नोट कर सकते हो तो चलिए देखते हैं बी वेरिएशन जिसमें मैंने बना है बिशअप इन सेवंथ मो तो बिशफ ए अगर वाइट खेलता है में और वो भी हमारे जो डी क्रॉस नाइट वेरिएशन के बाद सिक्स के बाद सेवंथ मोह जिसमें मैंने आपको साइड लाइंस भी बताई थी जी फोर सेक्रीफाइस तो आप उसे रिपीट करके दोबारा देख लेना वीडियो ताकि आपकी ओपनिंग बहुत ही हो जाए चलिए शुरू करते दूसरा वेरियशन ई फोर e4 d5 GDX, d5 knight f6 then d4 bishop g4 B2, F3 variation है हमने और एफ थ्री में ही आगे बढ़ेंगे इसके बाद के जो नॉर्मल वेरिएशन है जो बिशअप या नाइट एफ थ्री इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टू तो नेक्स्ट या कोई भी वीडियो में आगे तो एफ थ्री के बाद बिशअप एफ फाइव बिश एफ फाइव के बाद सी फोर ये पोर्टुगीज आपको हर एक वेरिएशन तैयार करने होंगे तब भी आप ये लाइन खेल सकते हैं। हालांकि खेलने में बहुत मजा आता है ब्लैक से बहुत ही अटैकिंग लाइन है लेकिन मूव बाय मूव सब प्रिपरेशन होना चाहिए दोस्तों, तो के यहां, पे आता है E6, E6, दोस्तों यहां से ब्लैक को वन पॉइंट या फाइव जितना प्लस बता रहा है तो डी क्रोस नाइट से सिक्स वैसे देखा जाए तो पॉइंट की दृष्टि से ब्लैक माइनस है ऑलरेडी हमने दो पोन दे चुके हैं तो यहाँ लास्ट टाइम देखा था कि मेन वेरिएशन एफ सेवन ये ब्लैक के लिए काफी अच्छा है व्हाइट के लिए नहीं अच्छा तो बिशफ ई थ्री यहाँ पे एक और भी थ्रेट है हमारी क्वीन टेक्स डी फोर की थ्रेट है तो वहाँ पे एक और वेरियशन आता है बिशअप्री आफ्टर बिशअप्री यहाँ खेलना है आपको क्वीनि सेवन क्विनी सेवन के बाद दो वेरिएशन और है यहाँ से आप नोट डाउन कीजिए वेरिएशन नंबर ए नाइक् और वेरिएशन नंबर बी ई क्रॉस एप सेवन अब दोनों वेरिएशन में आपको डीप में बताऊंगा आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बीस बी फाइव वाला वेरिएशन दिखाऊंगा जहां से व्हाइट चैक दे बाद में सी करता है तो गेम कितनी अलग होती है तो देखते पहले बिशअ ई थ्री बिशअ में उसके बाद Knight C3. के बाद में आपको करना है लॉन्ग कैसल लॉन्ग कैसल के बाद वाइट खिलेगा किंग एफ टू मोस्टली यही मूव आता है किंग एफ के अलावा और कोई मूव है तो आप देख सकते हो कि की बिशअप सपोर्ट बिना है नेक्स्ट थ्रेट में आप क्विंटेक्स फॉर्म मार सकते हो तो किंग एफ इसीलिए जाना गया है किंग एफ के बाद यहां पे ब्लैक खेलेगा एप्रो सी सिक्स नाइट जी ई टू नाइट बी फोर क्वीन डी टू यहां ई फाइव ये स्ट्रक्चर और पोजीशन के हिसाब से ब्लैक काफी अच्छी तरह अटैकिंग गेम खेल सकता है नाइट डी थ्री भी एक आपके पास मुंह है लेकिन वो हम पेंडिंग रखते हैं दोस्तों ये फाइव अर्ली मूव है और अच्छी मूव है तो यहां से आप गेम खेल के ट्राई करना दिखाता हूं आपको बीस ई थ्री के बाद ई क्रॉस एफ सेवन ई फोर डी फाइव इी फाइव नाइट एफ सिक्स डी फोर बीसफ जी फोर एफ थ्री बीसफ एफ फाइव c4 e6 ई सिक्स डी टेक्स ई सिक्स नाइट सी सिक्स बिशप ई थ्री धैन क्वीन ई सेवन और अब यहाँ पे ई e cross f7 सेवन चेक इ एफ सेवन किंग क्रॉस एफ सेवन नॉर्मल मूव है यहाँ पे क्वीन टेक्स ई थ्री हमारे हाथ में रहता है तो किंग क्रॉस एफ के बाद व्हाइट ऑब्जियस किंग एफ खेलेगा रुक ई अब यहाँ पे आप डबल पे कर रहे हो तो रुपी एट के सामने क्वीन डी टू एक ही अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से क्वीन डी सेवन यहाँ पे वेटिंग मुकर डी सेवन वाइट खेलेगा सी फाइव सी फाइव इसलिए कि बिशअप उसका अनडेवलप है जो बिशअ सी फाइव चेक का प्लानिंग कर सकते हैं तो सी फाइव व्हाइट के लिए बेस्ट रू है यहाँ पे रूक क्रॉस ए थ्री अब देखो दोस्तों ये सैक्रीफाइस मैंने बताया पोर्टुगीज गैम्बेट में रूक क्रॉस थ्री बहुत ही गेम में आपको देखने को मिलेगा बहुत वेरिएशन में देखने को मिलेगा अब रूक क्रॉस ई कब सेक्रीफाइस देना है ये अगर आपने रिपीट रिपीट करके अ, मतलब ये प्रीपेड पूरा किया है तो रूक क्रॉस ई के बाद पूरी गेम ब्लैक के हाथ में आ जाती है अब कैसे तो सबसे पहले दो ऑप्शन है किंग क्रॉस ई थ्री और क्वीन क्रॉस ई थ्री पहला ऑप्शन हम देखते हैं क्यू क्रॉस ई थ्री नाइट क्रॉस डी फोर यहां आएगा उसके बाद बिशफ सी फोर चेक बिशअ सिक्स बिशअ क्रॉस ई सिक्स नाइट क्रॉस ई सिक्स अब नेक्स्ट रेट हमारे बिशअप सी फाइव है तो बी फोर ये ही पॉसिबल मुंह है और बी फोर के बाद आपको याद नाइट टी नाइट बी फोर और फोर की थ्रेट है तो ये पोजिशन में ब्लैक की फेवर में है अब देखते हैं अगर किंग से रुक मारता है तो क्या होता है रिपीट मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं ताकि हर एक मुंह आपको एकदम मुंह जुबानी याद रह जाए बीसप जी फोर एफ थ्री देन सी फोर ई सिक्स डी क्रॉस ई सिक्स नाइट सी सिक्स बिशअप और यहां पे क्वीन ई सेवन ई एफ सेवन किंग क्रॉस एफ सेवन देन किंग एफ टू रुक ई एट क्वीन डी क्वीन डी सेवन और यहां पे रुक सेक्रीफाइस रुक टेक्स बिशअप अब देखते हैं किंग से अगर रुक मारता है तो क्या होता है किंग क्रॉस E3 थ्री यहां जी करना है आपको दोस्तों अब ये सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि बिशअप H6 की ओर की थ्रेट है बिशअप C4 अगर चय करता है तो यहां भी आप किंग E8 या तो किंग E8 भी खेल सकते हो वेटिंग में। उसके बाद वाइट खेलेगा किंग F2 जो कि बिशअ H6 को स्टॉप कर रहा है। तो किंग एफ टू के बाद यहाँ नाइट क्रॉस डीप हो रहा है नाइट ए थ्री डेवलप के लिए नाइट ए थ्री बिशफ सी फाइव डिस्कवर की थ्रेट है किंग एफ वन डिस्कवर से बचने का रास्ता और फिर रुक एफ एट अब ये काफी जबरदस्त पोजीशन है ब्लैक के फेवर में है गेम क्योंकि व्हाइट के अभी भी तीन पीस डेवलप नहीं हुए है और ब्लैक के सारे पीसीज डेवलप हो चुके हैं जरूरत पड़ने पर आप किंग ए किंगी किंग सी ए करके आर्टिफिशियल कैसलिंग कर सकते हो तो। दोस्तों तो ये थी हमारी दूसरी लाइन ई क्रॉस एप सेवन अब मैं आपको अगले चैप्टर के बारे में बताऊंगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर मेरा बीस बी फाइव चेक वाला है तो वो क्या है थोड़ा आपको बता देगा D5, f6 d4 g4 F3, f5 और उसके बाद B -B5 अब इसके आगे के वेरिएशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तब तक के लिए ये यहाँ तक के सारे वेरिएशन आप रेडी करके रखिए और बहुत सारे गेम भी खेल लीजिए ली चेस में या कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जैसे कि चैच डॉट है ट्वेंटी फोर चैच है बहुत सारे ऑनलाइन प्ले प्लेग्राउंड आपको मिल जाएंगे तो ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए मेल आईडी भी मैं कमेंट बॉक्स में रखता हूँ और मेरा मोबाइल नंबर भी है ऑनलाइन कोचिंग भी मैं करता हूँ इंटरेस्टेड है वो भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो चलिए जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जय हिंद जय गुजरात